दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है पर सवाल ये है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली मैं आपको बताता हूँ नंबर वन आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंदा आ रही है इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है नंबर टू जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा